आएगा इसमें अजय कम्बोज और आज हम बात करेंगे कि क्या एक फार्मासिस्ट फार्मा क्लिनिक खोल सकता है या नहीं खोल सकता है उसी के बारे में बात करेंगे जनरली बहुत सारा कंफ्यूजन है मिसअंडरस्टैंडिंग है फार्मा क्लिनिक के बारे में और बहुत सारे मैसेज भी सर्कुलेट हुए थे जब फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट आया था आज भी बहुत सारे फार्मासिस्ट के मन में डाउट है कि वो फार्मा क्लिनिक खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं और किसी पेशेंट को डाइग्नोज ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो उसी के बारे में हम बात करेंगे अगर मैं केवल एक शब्द में ये कहूँ आप फार्मा क्लिनिक खोल सकते हो या नहीं खोल सकते हो तो फार्मा क्लिनिक आप नहीं खोल सकते आप किसी भी पेशेंट को ट्रीट या डायग्नोज नहीं कर सकते ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है ऐसा कोई एक्ट नहीं है जो इस बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग का काज है वो ये है कि जब फार्मा प्रैक्टिस रेगुलेशन दो हजार हुआ था तो बहुत सारी सराउंडिंग्स आई थी कि प्रैक्टिस जो वर्ड था इसमें तो उससे रिलेटेड ये आई थी कि अब प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और सारे पे, पे, पे होने शुरू हुए कि इस के अंदर अब को करने का अधिकार मिल गया है। लेकिन यहाँ पे जो प्रैक्टिस से मतलब था वो ये था कि जो फार्मासिस्ट क्या क्या प्रैक्टिस कर सकता है उसको यहाँ पे रेगुलेट किया गया प्रिस्क्राइब किया गया था डेटिकेट किया गया था डिफाइन किया गया था कि एक फार्मासिस्ट क्या क्या प्रैक्टिस कर सकता है जो ये मैसेजेज सर्कुलेट हुए थे न्यूज सर्कुलेटेड हुई थी तो उसके बाद पीसीआई ने भी क्लैरिफिकेशन डाला था किसी भी कंडीशन में कोई भी फार्मासिस्ट ना तो मेडिसिन को प्रैक्टिस कर सकता है ना ही कोई ऐसा क्लिनिक खोल सकता है जहा पे वो मेडिकल केयर कर सके तो फार्मासिस्ट प्रैक्टिस रेगुलेशन के हिसाब से एक फार्मासिस्ट जो जो कर सकता है जो जो भी उसके एलिमेंट रहेंगे पेशेंट के केवल ये रहेंगे नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ़ द द ड्रग और एडवर्स इफेक्ट और इंट्रैक्शन एंड थेटिक कंट्राइंडेशन दैट मे बी इनकाउंटर्ड इनक्लूडिंग Their avoidance and the the action required if they occur, techniques self-monitoring, drug therapy, proper storage of of drugs, prescription refill information, action to be taken in the event of missed dose to ensure rational use of drug. ड्रग तो थे कुछ समरी थी जो एक pharmacist practice कर सकता है जिस जिस बेसिस पे तो कहने का मतलब यही है कि एक pharmacist किसी भी condition में medical practice नहीं कर सकता या clinic नहीं खोल सकता मेडिकल केयर के लिए वो केवल फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन था और उसको मिसअंडरस्टूड किया गया और जो प्रैक्टिस का कल्प मतलब निकाला गया तो आप कभी भी फार्मा क्लिनिक नहीं खोल सकते फार्मा क्लिनिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती तो कोई भी फार्मासिस्ट क्लिनिक खोलने के लिए एलिजिबल नहीं होता तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग